आज क्यों देशभक्ति राष्ट्र के दो परों में सिमट कर रह गई है ऐसे तो कोई देश के लिए नहीं सोचता बस 15 अगस्त और 26 जनवरी में ही क्यों खून उबलता है हमें और हम सभी को इस पर विचार करना चाहिए आज स्वतंत्रता के लिए नहीं अपितु देश के भीतर आतंकवाद एवं भ्रष्टाचार के लिए लड़ना है और मुखटा पहने अपने खिलाफ लड़ना है यह लड़ाई और भी ज्यादा है है, है। क्योंकि इसमें कौन कौन अपना है, कौन पराया, यह समझना मुश्किल आज की सदी में देश को देशभक्त की ज्यादा जरूरत है क्योंकि आज दुश्मन अंग्रेज नहीं न ही सीमा पर इतना खतरा है जितना भ्रष्ट भ्रष्टाचारियों से देश को है आज सीमा को नहीं आम नागरिक को देश की हिफाजत करनी है